<moticuell Zum plat> anyway, moments later mere baba utho bhi kitna sooge jab jab se sote rehte hain sote rehte hain मुझे भी नींद आ रही है अरे मगर ये स्नोई की बच्ची सोने ही नहीं दे रही उठ। कौन कौन कौन कौन चैन से सोने भी नहीं देते मैं तो जा रही हूँ हु। देखा दोस्तों ये की बच्ची को मैंने उठा क्या दिया बात ही नहीं कर रही है। वेरी बैड I'm feeling very sad.